एक गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज हम खेलेंगे गेस्ट द इमोजी कैसे गेस्ट करेंगे हम तो चलो हम बिना देरी करेंगे वीडियो शुरू करते हैं गेस्ट द फूड फर्स्ट नंबर पे गेस्ट द फूड है इधर एक पैन है इधर केक है पैनकेक पैनकेक आसान है आसान था पैनकेक आसान था इतनी दिक्कत नहीं हुई भले ही कुकिंग में कुकिंग में अच्छे ना पर खाने को देख के पहचान तो लेंगे खाने में भी अच्छे नहीं हैं नंबर टू गैस ड्रिंक स्ट्रॉबेरी प्लस खाली गिलास है या पानी भी है नहीं मिल्क है गैस स्ट्रॉबेरी प्लस मिल्क प्लस शेक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक आसान था इतना इतना आसान आसान सोचा नहीं नहीं था इतने इतने आएंगे। था स्ट्रॉबेरी मिल सी यार कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते कितने कर पाएंगे अगला है फूड फूड है स्ट्रॉबेरी प्लस बियर बियर स्ट्रॉबेरी बियर होता है क्या तो भी अगला नंबर ये ये क्या है? ये है क्या? है? नहीं लग रहे गोल -गोल। लग रहे रहे हैं हैं? जैसे देखो, गोल गोल कितने भाई सही नहीं वो नहीं है कॉटन कॉटन प्लस कैंडी कैंडी कौन जीन कौ, जीस कौन कौन जीन जीस इसका इसका या इसका नहीं पता देखते क्या मैं क्या निकलेगा इसका यार फुटबॉल नहीं बोलना था फुटबॉल फुटबॉल थी पर खाली बॉल बोलना था पॉइंट्स पॉइंट्स पॉइंट्स नहीं नहीं नहीं रखे हैं हमारे फूड कॉइन कॉइन प्लस फिश फिश नहीं, फिश क्या हो मछली ने सिक्का खा लिए गोल्ड फिश भाई सोना है यार ये तो कॉइन से बोलियो तो फूड तो, मून प्लस मैंने कार्टून देखा ये है मैं क्या ये ये तो इधर तो मैंगो है लेमन ही है ड्रॉप लेमन ड्रॉप क्या आएगा लेमन ड्रॉप लेमन ड्रॉप लेमन लेमोनीट भाई क्या इधर लेमन बना रखा है इधर तुमने प्लस में ड्रॉप बना रखी है लेमन ड्रॉप बोलेगा भाई एकदम सही सही अगला शो यार नहीं ये बस खत्म हुई वीडियो